अब टेबल के कैलकुलेशन वाले पार्ट का जो अगला टॉपिक है वो है फील्ड कैलकुलेशन जैसे कि मेरे पास जो डेटा है मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है इस डेटा में क्वांटिटी है और एमआरपी क्वांटिटी एंड एमआरपी है राइट बट इसमें टो, एक टोटल नहीं है मतलब कि आपका टोटल नहीं है यहाँ पे तो फिफ्टी जो पीस है पर पीस थ्री सिक्स सिक्स एट का का है तो टोटल क्या बिका ये पिब में हमें निकालना है क्योंकि जब हम एम को जब यहां से एम को उठा के मैं यहां रखता हूं तो ये आर का सम ऑफ एम आर पी यहां पर सही नहीं होगा तो सम ऑफ़ समी के जगह पे मैं इसको एवरेज और एमआरपी कर देता हूं तो यहां पे पता चल जाएगा कि एवरेज एक पीस कितने रुपए का बिका है तो यहां से प्लेस हूं, हां। तो मुझे यहां पर टोटल चाहिए कि अमाउंट कितना होगा मतलब कि टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। तो इसके लिए पिबर पे क्लिक करेंगे टेबल एनालाइज पे पे पे जाएंगे, uh, पे जाएंगे, पे जाएंगे फिल आइटम सेट कैलकुलेटेड फील्ड और यहां पे लिखेंगे टोटल टोटल लिखने के बाद यहाँ टोटल लिख दीजिए यहाँ पे टोटल अमाउंट कर दीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पे आप अपना ले लीजिए कि क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई एम आर पीन एड ओके यहां पर बाई डिफॉल्ट इसका काउंट एक मिनट यहां पर टोटल अमाउंट आया आई थिंक मुझे यहां पर कुछ गलत ही हो गई है क्वांटिटी एम आर पी स्पेस मल्टीप्लाई गई थी अच्छा डेटा में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो एक बार इस डेटा को उठाता हूं मैं ऐसी प्रॉब्लम कब होती है जब डेटा में कोई टेक्स्ट डाला हो आपका एक नई सीट पे जाते हैं इन शॉर्ट टू द टेबल एंड ओके अब मैंने यहाँ पर नेम रख दिया और मैं यहाँ पर क्वान्टिटी और वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट का फील्ड बनाया और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई एम आर पी और इसको हमने एड किया दैन ओके अब यहाँ अमाउंट आ देखिये यहां पे अमाउंट आ गया ठीक है मुझे इस पर जी भी निकालना है तो आप यहीं पे आइए कैलकुलेटेड आइटम में आइए यहाँ पे हम जी और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट का 18 परसेंट अब यहां आप 18 का परसेंट सेम्बल नहीं दे सकते क्योंकि सैक्ट नहीं करता है तो 0.18 डालना पड़ेगा जी हाँ 0.18 पॉइंट ऐड किया दैन ओके okay किया ये आपके सामने 18 परसेंट का आ गया इसमें आप एक्सेल की वगैरह भी लगा सकते हैं जैसे मान लीजिए मुझे इंसेंटिव के लिए कॉलम बनाना है तो यह मैंने यहां पर आई किया और यहां पे मैंने फॉर्मूला लगाया कि एफ ये जो आपकी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन आ, ग्रेटर देन फिफ्टीन थाउजेंड है 18 18,000, 19,000। तो यहां पे तो पे पे 50,000 का का है, है, अदरवाइज 25,000 और क्लोज कर दिया। इस तरह की जो है आप जो आप एक्सेल के फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन